जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन शो होता है कि मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह अपने मोबाइल का एक्सेस लाइक like आप उसके अंदर ज़ाहिर है कि आपने उसके पर रजिस्टर करना है तो आपको अलाउ करना होगा ठीक है अलाउ करने के बाद फिर स्क्रीन आपके साम सामने इस तरह से शो होगा थोड़ा सा लोड लेगा अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही है तो आपको ये लोड नहीं फेस करना पड़ेगा अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन वीक है तो आपको ये जो थोड़ा सा इसका प्रिव्यू होता है उसको फेस करना पड़ेगा सो so, अभी जो है हम इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाएंगे और इसको पहले फाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ इसके ऊपर काम कैसे करना है तो वो सारी की सारी डिटेल्स में आप लोगों के साथ लाइव शेयर करने वाला हूँ सो चैनल को आपने मत सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी हौसला अफजाई के लिए फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ज़ाहिर आप किसी को रेफर लिंक अपना शेयर करते हैं तो आगे से वो क्वेश्चन करता है कि इसके ऊपर काम कैसे करते हैं तो वीडियो का लिंक आपने मेंशन कर देना है और साथ में आपने उसको ये बताना है कि आपने मेरे रेफर कोड को मेरे लिंक को यूज़ करना है ताकि इसका मुझे भी फायदा हो और आपका भी फायदा मैं अपना रेफर लिंक जो है वो आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे फ़ायदा होगा जब आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपने उनको फोर्स करना है या बताना है कि आपने मेरे ही लिंक से मेरे ही कोड से उसको जो है ज्वाइन करना है ठीक है ताकि आपको भी फायदा हो और आपका जो दूसरा होगा जो आप मतलब आप होगा प्लाइनर होगा जिसने आपको ज्वाइन करा उसको भी फायदा होगा ताकि एक टीम और चैन जो है वह चलती रहे क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेथड है वो रेफर सिस्टम का ही है इसमें यह होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को आगे से ज्वाइन करवाते हैं तो वो जैसे आपका कोड जो है वो सबमिट करते जाते हैं पुट करते जाते हैं तो आपको फिर उसका हंड्रेड्रेड पॉइंट्स मिलते जाते हैं दोनों दोनों यूजर्स को ओके फ्रेंड्स सो अभी हम इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं कैसे इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपका फेसबुक का आई है फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी लॉग कर सकते हैं साइन अप कर सकते हैं अगर आप गूगल का अकाउंट जाहिर है किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल या कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो उसका भी एक्सेस होता है सो जो जी आपका लगा होगा उस जी के साथ भी अकाउंट को साइनअप कर सकते हैं मीन के अकाउंट बना सकते हैं और फेसबुक के साथ भी इसको लॉगिन कर सकते हैं सो so, स्क्रीन इस तरह से आपके सामने शो होगा और इसमें ये होगा कि प्ले गेम्स ठीक है प्ले गेम्स कंप्लीट टास्क एंड कलेक्ट क्वाइंस सो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको राइट साइड में नीचे जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर आगे यानी कि क्लिक करते जाना फिर एग्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि ये जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको एग्री कर लें और फिर उसके बाद गैस स्टार्टेड और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक कॉन्टीन्यू विथ फेसबुक एंड कंटिन्यू विद गूगल सो आप किसी के साथ करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं यहाँ करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद फिर आपका जो लॉगिन हो जाएगा यानी कि एक्सेस मांगेगा आप एक्सेस देंगे तो आपका गूगल का जो आई लगा होगा मोबाइल के अंदर उसी के साथ आपका ये कनेक्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन को फाइंड कैसे करना है आपने सर्च में आना है यहाँ पे लिखना है डेली ऑफर रिवार्ड्स बाय टिपा एप्स यहाँ पे ये आपने सर्च करने डेली ऑफर रिवार्ड्स बाय टिपा एप्स ठीक है सर्च करेंगे सर्च करने के बाद ये जो न्यू का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको टॉप पर यह शो होगा डेली ऑफर रिवॉर्ड्स अगर आप ये कंपनी नेम या फास्ट कैश प्रो रिवार्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके कंपनी नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऐप्स जितने भी होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे और मे भी आज नाइट में या कल मॉर्निंग तक नया एप्लीकेशन भी आ जाएगा जो वी होगा आप वी को यूज़ करके भी उससे अर्निंग कर सकते हैं और उसमें ईजीली जैस कैश ईजी के अंदर विदड्रॉ भी कर सकते हैं सो so, मेरा यहाँ पर अकाउंट जो है वो लॉग हो चुका है चूँकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं घट टेकबेरी के नाम से मेरा आईडी है एंड उसके बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से कुछ है और इसका इंटरफेस लुक वगैरह जो बहुत ही अच्छा है बहुत ही यूनिक है एंड यहाँ पे आप स्लाइडर्स में देख लें तो यहाँ पर डेली बोनस आपको मिलता है आपको 50 कॉइन्स आपने यहाँ से क्लेम करने होते हैं दैन ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पेमेंट प्रूफ्स आप यहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन फेसबुक तो यहाँ पे आप फेसबुक के ऊपर भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं इनके अपडेट्स वगैरह जितने भी होंगे, जो भी होंगी क्वेरीज वगैरह आपकी होंगी वो भी आप वहाँ पे डाल सकती हैं और उसके बाद यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आपने सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पेमेंट प्रूफ वगैरह और लाइव पेमेंट का शेड्यूल वग़ैरह भी आपको मिलता रहे एंड साथ में आपको यानी कि यहाँ पर अप्लीकेशन भी मिल जाती हैं कि डाउनलोड न्यू ऐप एंड आप डिस्काउट के भी ऊपर ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड ट्विटर के ऊपर भी आप ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट है अगर आप यहाँ पे ट्विटर को यानी कि ट्विटर पे फॉलो करना चाहें तो ट्विटर पे भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें सो so, यहाँ पे ये यह हमारा जो फर्स्ट था सेक्शन वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपको वो शो होते हैं यहाँ पे गेम्स का अब यहाँ पर आप यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको मतलब एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट शो होता है एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीट होने के बाद फिर आपके सामने गेम्स ओपन हो जाते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गेम्स हैं पर मिनट के 15 कॉइन्स हैं पर मिनट आप इसको प्ले करते हैं गेम खेलते हैं तो 15 कोइंस पर मिनट के आपको मिलते हैं और 200 हंड्रेड पर गेम आप यहाँ से इजीली यानी कि गट कर सकते हैं इजीली ठीक है so, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको स्किप कर देता हूँ तो चूँकि मैंने गेम्स को प्ले करना है नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा और स्प्रिन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पिन मिलते हैं ठीक है डेली के अब यहाँ पे आपको डेली के स्पिन मिलते हैं अब स्पिन मिलने के बाद अब स्पिन चूंकि मैंने यहाँ पे सारे प्ले कर लिए तो हंड्रेड इसके अंदर स्पिन है अब यहाँ पे इसके अंदर इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक्चुअल चूँकि एप्लीकेशन कल ही नाइट में लॉन्च हुआ है सो तो यहाँ पर फिलहाल इनके हंड्रेड ही जो आपको स्पिन मिलते हैं प्ले करने के लिए सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ स्किप क्योंकि यहाँ पे स्पिन में अब जब आप स्किप स्पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यानी कि एक ऐड शो होगा ऐड देखने के बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं सात आठ नौ दस एक दो यानी कि जो भी आपका लक है एंड यहाँ पे आ जाए रेफर टास्क के ऊपर तो रेफर टास्क के ऊपर क्या है कि यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ मिलती है अगर आप पाँच बंदों को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको मिलता है फाइव हंड्रेड अब टेन बंदों को करवाते हैं तो आपको थाउजेंड मिलता है एंड आप 20 को करते हैं तो आपको यानी कि टू थाउजेंड को करवाते थे 5,000 इसी तरह ही है कि पूरा चेन है अब 300 को करवाते हैं तो 30,000 एंड 500 को करवाती हैं तो 50,000 ठीक है और आप करवाती हैं 1,000 बंदे को तो आपको बनता है मतलब एक लाख दस हज़ार ठीक है और उसके बाद वीडियोस के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर एक एड शो होता है और उसके बाद आपको बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं देखने को तो उन एड्स को जो है आप यानी कि ईजीली अब देख सकते हैं और वहाँ से कोइंस को ज़्यादा से ज़्यादा काइंस कट कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे थर्टी कॉइन्स हैं ट्वेंटी फाइव कॉइन्स हैं टेन कोइंट हैं फाइव कॉइन्स हैं फोर्टी कॉइन्स हैं एंड ट्वेंटी कॉइन्स हैं एंड फिफ्टीन कोइंस है, है, है, है, है, है, है। अभी यहाँ सारे कॉइंस हैं अब इनमें इन से जो भी एड आपको पसंद है ज़्यादा काइंस वाला लाइक जो भी है आप उसको करके आप अपने यहाँ से कॉइंस कट कर सकते हैं ऑफर वाल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑफ़र वाल्स मिल जाते हैं आपको और ऑफ़र वाल्स के अंदर भी आपको यानी कि कॉइन्स गेट करने के बहुत सारे आ, मतलब चांसेस मिल जाते हैं यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉइन्स को आप गेट कर सकते हैं इस तरह की जो एड्स आपको मिलती हैं इनको आपने स्किप कर देना होता है और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं ठीक है आप यहाँ से चौदह कॉइंस गेड कर सकते हैं पंद्रह कर सकते हैं एंड यहाँ पर सोलह कर सकते हैं एंड यहाँ पर बीस कॉइंस आप गेड कर सकते हैं इन टास्क को कम्प्लीट करके अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं मतलब वो पढ़ेंगे उर्दू में भी कर सकते हैं आप उसको उसका लैंग्वेज चेंज करके उसको ट्रांसलेट करके यानी कि आप कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके आप इनके मतलब यहाँ से आप ट्वेंटी थाउजेंड तक यहाँ से क्वाइंस गेड कर सकते हैं यानी कि ये घंटों का काम नहीं मिनटों का काम है जिसके अंदर कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं यहाँ पर गेम्स का जो सेक्शन है अब गेम्स यहाँ पर ऊपर भी बता दिया कि सिंपल गेम्स हैं आप हर गेम को प्ले करने आप छः मिनट आप गेम को प्ले करते हैं तो आपको फिफ्टी पॉइंट क्वाइंस मिलते हैं एम टॉप ऑफर के ऊपर बात करें तो टॉप ऑफर में यहाँ पे आपको सेम यानी किस तरह के ऑफर्स मिल जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं मतलब आप अगर आप पढ़े लिखे हैं यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कोई भी देख कर भी कर सकते हैं नो no इशू और इसमें कुछ टास्क होते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के वेबसाइट्स को विजिट करने के लाइक इस तरह से तो इस तरह के टास्क को आपने सिंपल से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दें अगले टास्क को पकड़ लें अगर वो समझ नहीं आता तो अगले टास्क को पकड़ लें तो बहुत ही सिंपल है सही है और इसके बाद यानी कि टॉप ऑफर में भी ये वही है क्योंकि मेरा नेट जो है वो स्लो है और यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं कि इसका जो मतलब वन पॉइंट पर सेकेंड चल रहा है तो नेट मेरा काफ़ी वीक जा रहा है सो यहाँ पर लीडर बोर्ड के अंदर आ जाए तो जो टॉपर्स होंगे उनका यहाँ पर रहेगा यानी कि शो होगा यानी कि टॉपर्स होंगे एंड यहाँ पे बात करें रेफ्रेंट फ्रेंड की फ्रेंड की तो यहाँ पे आपका जो कोड मिलता है अब मेरा जो कोड है ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा कोड है 9 C N D W G F M ठीक है तो ये मैं स्क्रीन पे भी इसको लगा दूँगा तो आप कोड से आपने इसको यानी कि ज्वाइन करना है जब आप कोड लगाएँगे तो आप जब कोड क्लेम अपना जो रिवार्ड क्लेम करेंगे जब रजिस्टर्ड करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगेगा अगर आपके पास कोई रेफर कोड है तो वो लगा के आप यानी कि हंड्रेड कॉइंस आप गेट कर सकते हैं so आपने ये वाला जो कोड है यहाँ से कॉपी मैंने करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आपने जो है वहाँ पे भी लगा देना इसे सेम कोड ताकि आपको भी हंड्रेड मिल जाएं। ओके फ्रेंड्स एंड शो मोर में आप मतलब वही लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी अब रिवॉर्ड इसके अंदर कैसे क्लेम करना है? अब रिवार्ड क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको मिल जाता है पे अगर मैं पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ट्वेंटी Equal to वन dollar, फिफ्टी थाउजेंड इक्ल टू टू डॉलर सेवनटी फोर मतलब थाउजेंड equal to थ्री uh, मतलब, dollar and नाइन्टी एट था एट थाउजेंड मतलब फोर dollar. और यहाँ पर डिस्क्रप्शन देख रहे हैं कि योर payment request will be sent to you within इन मतलब वन to सेवन days working days, यानी कि सेवन working days के अंदर आपका payment आपको मिल जाएगा और इसी पैसा जैज कैश की के बात करें अब मेरे पास 10,141 हज़ार हैं अब जैज कैश की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सिक्सटी रुपीज़ का अगर आपने विड्रॉ लगाना है तो आपके पास मिनिमम फाइव थाउजेंड यानी कि फाइव के आपके पास कॉइन्स होने चाहिए सो मेरे पास हैं तो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ सिंपली अपना यहाँ पर और यहाँ मैं रिडीम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ अब आपने भी केयरफुली ये करना है कि आपका यानी कि रिडीम सक्सेसफुली अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका ईजी पैसा या जैज़ कैश या यू पैसा जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सादा पे का मिल जाता है एंड उसके बाद ईजी पैसा एंड जेज़ कैश का अब इसमें जिस के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है जिस पेमेंट गैड पे लाइक ईजी पैसा क्या है जैज़ कैश का है या यू पैसा क्या है या सादा पे का है जो भी का आपका अकाउंट है तो वो नंबर जस्ट आपने देना है ठीक है जस्ट वो नंबर आपने देना है क्योंकि आपका जो मतलब बेनिफिशरी नेम होगा वो तो ऑलरेडी वेरीफाई होगा तो वो जिस पे वो आपका नाम मतलब नंबर रजिस्टर्ड होगा जिस नाम पे तो उस नाम पे पैसे चले जाएंगे ठीक है अब आपने मतलब ये चीज़ भी केयरफुली लगानी है ऐड करनी है ताकि आपका जो पेमेंट है या आपका जो विड्रा है वो किसी गलत नंबर पर ना चला जाए बस नंबर ठीक होना चाहिए बाकी जो यूज़र नेम होगा वो तो आपको पता ही ये जिसका नेम होगा यहाँ पर अलराजी केयर से यानी कि जो सऊदी अरबिया के लिए जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये है कि एस सी जो 10 रियाल हैं वो बनते हैं 75,000 फाइव में एंड तो, मतलब 20 रियाल जो बनते हैं वो बनते हैं 150,000 रियाल आ, मतलब कॉइन्स में और यहाँ पे यानी कि इस तरह आप वाइट ट्रांसफ़र में भी ले सकते हैं आप प्रमोशन भी करवा सकते हैं अपनी किसी भी ब्रांड की वेबसाइट की यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर्स और वीडियो का वॉच टाइम वीडियो के आपके व्यूज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं उसके लिए आपको सपोर्ट में बात करना पड़ेगी सपोर्ट में बात करने के लिए क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे आना है कॉन्टैक्टेस्ट में कॉन्टैक्टेस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल में यानी कि डिफ़ॉल्ट इनका ईमेल लगा हुआ है आपने जस्ट लिखना है कि मैंने इतने मेरे पास कॉइंस हैं और मैं ये चीज़ प्रमोट करना चाहता हूँ सो so, मैंने अपना जो प्रमोशन में मैंने अपने कॉइन्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए एक्सचेंज कर दिए सो so, मुझे इस कतरी का कार बताएँ so, आपको एक डिफॉल्ट ई मिलेगा ऑटोमेटिक तो उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी होंगी उसको आपने फॉलो करना होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर अगर हम आए तो नोटिफिकेशन में आपको यानी कि यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं पहले एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आप ओपन नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जितना भी नोटिफिकेशन आपको होगा यानी कि अपडेट करेंगे तो वो यहाँ मिलता रहेगा डेली बेसिस पर अगर आज के यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तीन मतलब नोटिफिकेशन है वो तीन के मिले होंगे गोइंग टू अपडेट आल फीचर्स ठीक है ये हुआ उसके बाद ये हुआ कि जब आप जब ऐप कंप्लीट वर्किंग में आ जाएगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपना लिंक सेंड कीजिए नो वेट अनटिल अपडेट थैंक यू ठीक है तो यानी कि इस तरह की अपडेट्स होती है तो आप इनको देख लिया करें अगर आपको कोई मसला आ रहा है वे भी यहाँ इन्होंने नोटिस दि और आपके भी नोटिस में ये चीज़ होनी चाहिए सो फ्रेंड्स यहाँ पे ही हर चीज़ मैंने एक्सप्लन कर दी लेकिन बी केयरफुली यहाँ पे ये यह जो बैनर्स में इनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स वगैरह दिए गए इनको आपने ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो ज्वाइन कर लेना ताकि इनके साथ अपडेटेड रहें और इनकी मतलब आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं ट्विटर में मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं एंड इसके बाद मतलब इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ मतलब पर मतलब टेलीग्राम के ऊपर भी पेमेंट प्रूफ वगैरह देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो आज का था ये हमारा वीडियो और उसके बाद यहाँ पे टॉप ऑफर देख सकती हैं कि 10 मतलब 10 एक हज़ार अस्सी हैं चालीस हैं चार सौ छप्पन हैं और छिहत्तर हज़ार यानी कि ये लेवल बताए गए हैं कॉइन्स बताए गए हैं डिटेल्स बताएंगे, गए तरीकाकार बताया गया है कि दिस ऑफर रिवार्ड विद इन ट्वेंटी आवर्स न्यू यूजर्स तो यानी कि सिर्फ नए बंदे बंदों के लिए ऑफ़र है चौबीस घंटे के लिए चार कॉइंस हैं आपने वो टास्क कम्प्लीट करना है और यहाँ से गाइड करना है सो इसी तरह यानी कि यहाँ पे भी है रजिस्टर्ड एंड कम्प्लीट द सर्वे यू कैन कम्प्लीट दिस ऑफर एंड मतलब सीविर टाइम्स अ डे एवरी डे यानी कि हर दिन ये ऑफ़र कर सकते हैं 800 सौ 24 घंटे के लिए ये होते हैं तो यानी कि ये सारी अब बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर्स हैं अब 10 डॉलर अगर मैंने आपको बताया तो शायद मैंने कम बताया आप इजीली इस गेट कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगा रहे अगर आपको समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप किसी भी अपने मतलब फैमिली फ्रेंड मेम्बर वगैरह से बात करके उससे हल करवा सकते हैं और टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू यहां से जनरेट कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले शो और अगर वीडियो उसके बाद एप्लीकेशन अगर आपको पसंद आए एप्लीकेशन आपको वर्किंग के लिए एक्सपीरियंस आपका जो मतलब हो अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है एप्लीकेशन के ऊपर आपको पसंद है तो फ़ाइव स्टार रेटिंग के साथ एक ब्यूटीफुल सा रिव्यू भी ज़रूर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग मिलती है नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़